भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर प्रदर्शन करने जा रही है मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने आंदोलन में उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी देते हुए कहा कि किसान को अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है समर्थन मूल्य के स्थान पर किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले इसके साथ ही फसल बीमा में खसरा को इकाई बनाने सहित अन्य मांगे सरकार से की जाएंगी भारतीय किसान संघ उन्नीस दिसम्बर को दिल्ली के रामलीला मैदान पर गर्जना रैली में कई मांगों को सरकार के सामने रखेगा मध्य भारत प्रांत के अध्यक्ष कैलाश सिंह ठाकुर ने आंदोलन में उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी देते हुए कहा कि किसान को अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है जबकि खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए इसके लिए सरकार कदम उठाए इसमें मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे ठाकुर के अनुसार फसल बीमा के लिए अभी किसान को काफी परेशान होना पड़ता है यदि पूरे पटवारी हल्के में फसल प्रभावित नहीं होती है तो लाभ लेने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है इसका सरलीकरण किया जाना चाहिए ट्रैक्टर थ्रेसर श्रीड्यूल सहित अन्य कृषि उपकरणों पर भी जीएसटी लगाया जाता है इसे समाप्त किया जाए नंबर एक तो ऐसा है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए अभी तक क्या है सरकार जो है समर्थन मूल्य के नाम पे पर उससे किसान जो है संतुष्ट नहीं है उसे उसकी लागत और लागत के आधार पर लाभकारी मूल होना चाहिए यह हम लगभग चालीस साल से कहते चले आए हैं सरकारों से भी दूसरा है कृषि के ऊपर जो है कृषि यंत्रों के ऊपर जीएसटी जो है ख़त्म किया जा रहा क्योंकि जीएसटी जब लगता है तो ट्रैक्टर भी लेता है तो लाखों रुपए जो है उसमें जीएसटी लग जाती है उससे भी किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि वैसे ही खेती में आमदनी होती नहीं है और ऊपर से जीएसटी पे अलग मूल बढ़े हुए मिलते हैं तीसरी हमारी मांग ऐसी है आयात निर्यात जो नीति गवर्नमेंट की है उससे किसान जो है संतुष्ट नहीं है क्योंकि जिस समय किसान के यहाँ गल्ला पैदा होता है मान लो बैशाख जेठ के समय में गेहूं पैदा होता है उसी समय जो है केंद्र सरकार विदेशों से जो गेहूं आयात कर लेती है ऐसा ही जब भी देश से निकासी का कोई समय आता है मूल्य वृद्धि होती है या दुनिया में मांग बढ़ती है तो किसान किसान जब निर्यात की स्थिति पर रहता है उस समय जो है भारत सरकार जो है उस पर ड्यूटी बढ़ा के या प्रतिबंध लगा के उस निर्यात को रोक लेती है जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6000 हजार रुपए से बढ़ाकर 10000 हजार रुपए हो जंगली पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की व्यवस्था हो देसी गाय रखने वाले किसानों को प्रति गाय प्रति माह 900 सौ प्रोत्साहन राशि दी जाए सरकार किसानों को जो अनुदान देती है उसका भुगतान सीधे खाते में किया जाए देश में कृषि उत्पाद को देखते हुए आयात निर्यात नीति बनाई जाए प्रदेश सरकार द्वारा संगठन की मांगों की पूर्ति की घोषणा पर कहा की हम एक दो माह इंतजार करेंगे यदि ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो फिर आंदोलन किया जाएगा आज गाय जो है हमारी मारी मारी फिर रही है लोगों के पास गाय को संभालने के लिए केंद्र सरकार से हमारी ऐसी मांग है कि किसानों को जो है 900 रुपया प्रति गाय प्रति माह के हिसाब से जो है उसको भरण पोषण के लिए दिया जाए ताकि ये जो है इधर उधर मारी मारी न फिर वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खाद ऐसी चुड़े मछले